नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वार्षिक राशिफल के इस महाएपिसोड में आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2020 कैसा बीतेगा उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी वर्षफल 2020 को शुभ और प्रभावी बनाने के लिए मेष राशि के जातक क्या ऐसा प्रयोग करें कि वर्षफल 2020 उनके लिए सौभाग्यदायक हो चूँकि देखिए दर्शकों एक बात बताना चाहते हैं सभी के मन में एक यक्ष प्रश्न होगा कि क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा मेष राशि के जो जातक हैं इनके जो साथी बिछड़ गए हैं तो इनको भी लगेगा क्या बिछड़ा हुआ साथी हमको 2020 में मिलेगा नए साल में मेष राशि के जातक कब करें एक नई शुरुआत मेष राशि के जातकों का किस्मत कब देगी साथ कब आपके बिगड़ेंगे हालात और कब आपके बनेंगे हालात इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे लेकिन दर्शकों देखिए अक्सर नया साल जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हमारी उम्मीदें भी नए साल से जुड़ी रहती है बीते पिछले साल में जो काम अधूरे छूट जाते हैं उनके पूरे होने की उम्मीदें जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं उनको पटरी पर लौटने लौट की उम्मीद हम लोग करते हैं जो दिल के बहुत करीब रहते हैं और बिछा जाते हैं उनके मिलने की भी हम लोग उम्मीद करते हैं कैरियर में नए मुकाम की उम्मीद सफलता का नया आयाम और कुल मिलाकर के हम लोग यह जानना चाहते हैं कि वर्षफल 2020 कैसा रहेगा इन्हीं सब बिंदुओं पर हमने वर्षफल 2020 तैयार किया है खास करके आठ बिंदुओं पर जी हाँ आठ बिंदुओं पर ओवरऑल अभी हम बताएंगे मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा जो है 2020 लेकिन ये जो आठ बिंदु हैं उनकी आर्थिक स्थिति उनका स्वास्थ्य मेष राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा एजुकेशन शिक्षा उनकी कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उनके लिए प्रेम संबंध कैसा रहेगा और जो आठवां और अंतिम बिंदु रहेगा कि साल दो को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय आप लोगों को बताएंगे तो दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को और बगल में बना बेल ताकि हमारी सारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग जो है लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो हमको करिए तो चलिए देखिए ओवरऑल मेष राशि के जातकों का दो हजार बीस कैसा रहेगा तो कुल मिलाकर के ये जो वर्ष रहेगा सामान्य से काफी अच्छा रहने वाला है और इस काफी कुछ खास रहने वाला है खास इस वजह से क्योंकि बिजनेस और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो यह साल आपका काफी लाभदायक साबित रहने वाला है इस साल जो शनि का मकर राशि में गोचर रहेगा जो कि 24 जनवरी के आपके दसवें भाव में स्थापित होगा तो साल की शुरुआत में राहु मिथुन राशि के तीसरे भाव में स्थापित होंगे और इसके बाद 23 सितंबर को ये वृषभ राशि के दूसरे भाव में स्थापित होंगे इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो रहेंगे ये 30 मार्च को मकर राशि के दसवें भाव में प्रवेश करेंगे ये फिर से 30 जून को धनु राशि में जो है पश्चगामी होंगे मतलब पश्चगामी मतलब होता है पीछे जाएंगे और पुनः ये मकर राशि के दसवें भाव में प्रत्यक्षगामी रूप से प्रवेश करेंगे शुक्र ग्रह 31 मई से 8 जून तक की देखिए दर्शकों अस्त रहेंगे तो मेष राशि के जातकों कैसा रहेगा ये साल 2020 आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो साल 2020 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है साल के मध्य में धन से संबंधित परेशानियों का सामना कुछ जो आप करते आ रहे हैं ये दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा जहां एक तरफ आय के अच्छे स्रोत बनेंगे वहीं पर साल के मध्य में आर्थिक मामलों के संबंध को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है हालाँकि इससे आपको कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आय के स्रोत उतार चढ़ाव की स्थिति में इस को की पूर्ति कर देंगे धार्मिक कार्यों में आपके धन का निवेश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अप्रैल के माह में विशेष रूप से आर्थिक लाभ होने के सहयोग बनेंगे लेकिन इसके बाद अप्रैल से सितंबर तक आर्थिक स्थिति से अक्टूबर तक धन का निवेश सोच विचार के साथ करें तो ज्यादा ठीक रहेगा इस दौरान आपके खर्चे बढ़ने की प्रबल संभावना है देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये साल आर्थिक रूप से काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आपके पूर्व में किए गए निवेशों से आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा जो है धन होता है स्वास्थ्य हर मनुष्य का जीवन का सबसे प्रमुख हिस्सा है 2020 के अनुसार मानसिक और शारीरिक रूप से यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाली सारी खुशियां बेमानी हो जाती है इसलिए हर किसी के जीवन का मुख्य आधार स्वास्थ्य रहता है मानसिक स्थिति रहती है वैदिक ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार मेष राशि के जातकों को साल की शुरुआत में अपने पिता के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं इसके साथ जहां तक हो सके खुद की सेहत की यदि बात है तो आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल के मार्च नवंबर दिसंबर के महीने आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की ए, इंडिकेशन दिखा रहे हैं अक्टूबर से नवंबर के महीनों में जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय के बाद सेहत में सुधार होगा वाहन दुर्घटना इत्यादि के भी योग बन रहे हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके लिए थोड़ी नाउम्मीदी भरा बीत सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है दुर्घटना हो सकती है कोशिश कीजिएगा कि आप हेलमेट का सीट बेल्ट का प्रयोग पहन के फिर आप लोग वाहन चलाते हैं तो ठीक रहेगा अन्यथा आप लोग चोटिल हो जाएंगे कार्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़ें लेकिन दर्शकों कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं अपनी कुछ पीड़ा है क्योंकि हमारी वो पीड़ा नहीं है वो आप ही लोगों की पीड़ा जब हमारे पास फोन आते हैं और जब पता चलता है कि लोगों के दस हजार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार डूब गए हैं तो हमें बड़ा जो है बुरा फील होता है और इसमें ज्योतिषी भी और ज्योतिष विद्या ये दोनों बदनाम होती है देखिए दर्शकों कुछ लोग पूजा पाठ के नाम पर चलन बना रखे हैं पूजा कराने का कोई नाग पंचमी को कराता है कोई शिवरात्रि को कराता है कोई गुरुपुष योग को कराता है कोई अगरबत्ती देता है धूप बत्ती देता है इन सब चीज़ों से आपको बचने की सलाह है कुछ उपाय के नाम पे यंत्र बेचते हैं कि आप हमारे यहाँ से ये यंत्र वो यंत्र ले लीजिए और होता कुछ नहीं है दर्शकों आप खुद बताइए आप अपने घर पर बैठे हैं हजार किलोमीटर दूर पंडित जी कौन सी पूजा आपकी करा देंगे कौन सी पूजा कराएँगे बताइए पूजा कराने के लिए संकल्प का होना जरूरी है ना आपकी उपस्थिति होनी जरूरी है ना आप वहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रमाण देंगे ना जब स्थापना होती है देवी देवताओं की चौकी बनती है लेकिन दर्शकों आप लोगों अपनी अपनी बात अपनी अपनी अच्छी बातों के दम पर केवल बात के ही वो लोग अच्छे हैं वो लोग आप लोगों से पैसे हटने में सफल हो जाते हैं इन सब चीजों से देखिए दर्शकों बचिए बाद में आप लोगों को बुरा लगता है पचास ज्योति के पास आप जाते हैं किसी एक ज्योतिष को पकड़िए और कम से कम छः महीने साल भर उनको दीजिए कोई एक दिन दो दिन में आपका भाग्य नहीं बदलेगा तो ऐसे जो पूजा पाठ कराने वाले ज्योतिषी हैं इन लोगों से आपको बच के रहना है पैसा नहीं देना है यदि आपके पास पैसा ज़्यादा ही हो गया है तो अपने जन्मदिवस के अवसर पर दस बीस पचास आप लोग गरीब लोगों को जो है दान कर दीजिए उससे आपको पुण्य मिलेगा कोई चीज़ें आप बांट दीजिए उससे आपको पुण्य मिलेगा इन सब चीज़ों को आपको देखिए करना है चलिए कार्यक्षेत्र पर बढ़ते हैं हमारा काम था आपको समझाना मानना ना मानना आपके ऊपर है की यदि हम बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए और कार्यक्षर के दृष्टिकोण से यह साल काफी अच्छा बीतने वाला है साल की शुरुआत में आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं बदल सकते हैं भाग्य आपका प्रबल साथ देगा इस साल आपको रुतबा और भरपूर शोहरत मिलेगी इस साल के मार्च और मई के महीने में आप किसी उच्च पद पर विराजमान हो सकते हैं पेंडिंग रिजल्ट आपको जो है आपके पक्ष में आएंगे साथ ही उच्च पदाधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा क्योंकि शनि आपके दसवें भाव में विराजमान होंगे स्वग्रही होंगे अपने घर के होंगे इसलिए करियर के लिहाज से ये साल काफ़ी अच्छा बीतने जा रहा है जो कोई पी जे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जज बनने के योग बन रहे हैं आप अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में आप लोग काफ़ी कुछ नाम कमा सकते हैं कार्य में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना अप्रैल के बाद करना पड़ सकता है लेकिन कुछ खास हानि नहीं होगी कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे कहीं लंबी यात्राओं के लिए आपको जाना पड़ सकता है अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये समय आपके बिजनेस के प्रचार प्रसार के लिए बेहद उपयुक्त रहेगा बिजनेस करने वालों के लिए मार्च से मई का महीना खास बीतेगा लेकिन अप्रैल आपको थोड़ा सा बचाना रहेगा और कोई नई साझेदारी भी आप लोग करते हुए नजर आएंगे एजुकेशन की ओर चलते हैं शिक्षा की ओर चलते हैं तो मेष राशिफल दो हज़ार के अनुसार मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा बीतेगा जहां एक तरफ आप अपनी कड़ी मेहनत का भरपूर लाभ आपको मिलेगा वहीं दूसरी तरफ जून से जुलाई के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी सितम्बर का महीना इस राशि के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बीतने वाला है क्योंकि इस दौरान मंगल आपकी जो राशि के स्वामी हैं शनि और बृहस्पति तीनों ही पश्चगामी रहेंगे वहीं अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपको अपनी मेहनत का मनचाहा फल मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस दिशा में अच्छे और मांगलिक समाचारों की प्राप्ति होगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का सहयोग बन रहा है पारिवारिक जीवन की ओर चलते हैं कैसा रहेगा तो इस साल पारिवारिक जीवन में मेष राशि के जातकों के उथल पुथल रहेगी परिवार में मन मुटाव की कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपका मन अशांत रहेगा हालांकि मार्च से जुलाई तक का वक्त जो रहेगा पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका अच्छा बीतेगा अपने परिवार के लिए किसी सुखभोगी चीज को आप लोग खरीद सकते हैं जिससे घर में उमंग और खुशियाँ आएंगी चूँकि शनि आपके चौथे भाव में है इसलिए परिवार में ज़्यादातर अशांति का माहौल बन सकता है नवंबर और दिसंबर के महीने में परिवार में किसी मांगलिक कार्य के होने की प्रबल संभावनाएँ बन सकती है धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और घर पर पूजा पाठ भी करवा सकते हैं सितंबर के महीने में घर या गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है वहीं साल के अंत में परिवार के खुशियों का आगमन होना तय है किसी नवागत शिशु का आगमन दिखा रहा है और वैवाहिक जीवन की ओर चलते हैं मेष राशि के जातकों का 2020 में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो इस साल आपको अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे साल की शुरुआत में अपने पार्टनर के साथ आप लोग किसी लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं मई और जून में भी जो है धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं खास करके मंदिरों में दर्शन धार्मिक स्थलों पर आपका जाना हो सकता है इस साल अपने जो है आप सोलमेट के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो मार्च महीने में आपके जीवन में नया प्यार दस्तक दे सकता है मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने के अंत में शादी के शुभ संयोग बन सकते हैं वहीं अप्रैल से जून के महीनों में थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी रहेगी क्योंकि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने के पूरे पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं इस समय विशेष ध्यान रखिएगा कि पार्टनर के साथ होने वाली छोटी सी भी टकराव भी आपकी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो सकती है कोर्ट तक की मामला पहुंच सकता है हालांकि जुलाई से अक्टूबर महीने में आपका प्यार परवान पर चढ़ेगा इस दौरान जीवन में रोमांस का स्तर आपके काफ़ी बढ़ेगा वहीं सितंबर से अक्टूबर के महीने में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान दे देने की आवश्यकता पड़ेगी नवविवाहित जोड़े के जीवन में इस साल अप्रैल से जून या फिर अच्छा बीतने वाला है अब आते हैं प्रेम संबंध पर लव रिलेशन मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो मेष राशि फल दो हजार बीस के अनुसार यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो ये साल प्रेम और रोमांस के लिए अति उत्तम सिद्ध होगा संभव है कि प्यार में आपको स्थिरता ना मिले लेकिन इस साल आपके और आपके प्रेमी के बीच एक प्यार भरा बंधन बेशक पूरे वर्ष बरकरार रहेगा प्रेम संबंधों में अपने अहंकार को मेष राशि के जातक कभी बीच में न आने दे तो ठीक रहेगा अन्यथा इससे आपका नुकसान हो सकता है अप्रैल से जून के बीच आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस हो सकती है लेकिन ये आपके प्रेम संबंध को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी सितंबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ आपकी प्यार भरी तकरार हो सकती है इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपका प्यार परवान चढ़ेगा इस दौरान अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं साहब आप लोग लड़ाई झगड़े में रखा क्या है छोटा सा जीवन मिला है आनंदित होकर के जो है जी यदि आप लोग अपने प्यार की तलाश में है नए प्यार की तलाश में ब्रेकअप हो चुका है तो साल के अंत में जिंदगी में आपको जो है नए प्यार का आगमन जो है संभव है और यदि आप किसी से इजहार करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी रहेगा प्यार के मामले में इस समय आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं व्यापक रूप से देखा जाए तो ये साल मेष राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा किसके प्रेम संबंधों के पक्ष में रहेंगे अब चलते हैं उपाय की ओर सात पॉइंट हो गए हमको लगता है अब अंतिम पड़ाव हमारा जो आता है उपाय आता है लेकिन दर्शकों उपाय पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे जो भी जेम है उसकी हम सलाह नहीं देंगे आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपका भाग्य का रत्न कौन सा होगा आपके कर्म के लिए कौन सा रत्न डिसाइड होगा या आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पंचमेश का क्या होगा रत्न तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग अपनी जो है रत्नों का जो है चयन कर सकते हैं अच्छे परिणामों के लिए साल दो में कुछ उपाय बता रहे हैं इनको आप लोग जरूर करिएगा तो इस साल यदि आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हमें एक बार कासे की कटोरी में सरसों का तेल भर के शनिवार के दिन आपको दान करना रहेगा छाया पात्र दूसरा आपको नित्य एक पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना रहेगा क्योंकि हनुमान जी जीवित देवता हैं और एक प्रयोग और और बता रहे हैं किसी मिट्टी या या फिर लोहे के बर्तन में में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखिए धर्म स्थान पर या मंदिर में इसको दान करिए कांसे की कटोरी वाला भी करना है और मिट्टी के पात्र वाला भी आपको करना रहेगा एक बात और बताना चाह रहे हैं भैरव कवच का पाठ आप लोगों को नित्य रूप से करना रहेगा और जो द, जो है दर्शक जो शनि से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कोशिश कीजिएगा कि साल में दो बार या तीन बार शनिवार वाले दिन अपंग व्यक्तियों को कुछ मीठा आप लोग जरूर खिलाइए अपने जन्मदिन के दिन यदि आप लोग विकलांगों की सेवा करते हैं तो भाग्य आपका भरपूर साथ देगा माह में धन संबंधी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो माह में दो शुक्रवार को दही ले लीजिएगा और शिवलिंग पर अच्छे से हाथों से लगा दीजिएगा उसके बाद शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग स्नान कराइए ज्यादा अच्छा रहेगा स्नान करने के जल में प्रतिदिन आपको एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी चंदन पाउडर डालकर स्नान करना रहेगा इससे भी आपका भाग्य ज्यादा जो है सवरेगा निखरेगा और अच्छा साथ मिलेगा बाकी और उपायों के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हम आपके शहर में भी आते हैं तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं कैसा लगा मेष राशि के जातकों हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइएगा और यदि अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए आप हमसे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं ट्विटर की आई भी आप देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन जो पूछना है आप लोग ट्विटर पर जरूर पूछिए और कोशिश करेंगे कि महीने में हफ्ते एक दिन समय निकालेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और नौ वर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो